Yes. बग्गी पर तो दो ही बैठ सकते हैं लेकिन हम लोग तीन हैं तो कैसे बैठे गुड क्वेश्चन दया गुड क्वेश्चन तो रुको कुछ दिमाग लगाते हैं हम्म hmm, तो इसका मतलब समझे दया हम में से किसी एक को बग्गी पर सामने लेटना होगा वो कैसे सर देखो दया बस अब मैं क्या कर रहा हूँ toh bhagwanu sir pura hila dala na